एक <sussurra> बार <sussurra> बालाजी मंदिर बालौदा साहित्य मनीष जी डॉक्टर रामदयाल जी, राम जी आलोक के आदर्श से प्रेरित पुत्र डॉक्टर अनिल कुमार राठौर दामोदर दास पत्री अस्पताल शामगढ़ मोबाइल नंबर इक्यानवे छब्बीस द्वारा कुर्सी सप्रेम भेट बालोदा बालाजी मंदिर पे चंबल नदी के पास गांव बालोदा